वेलकम बैक टू द माई YouTube चैनल BB की क्रिकेट अपना हाँ बात करने वाले दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स के मैच जिसके बारे में पंजाब दिल्ली कैपिटल ने टॉस तो जीतकर पहले बोलिंग करने का फैसला किया पंजाब की तरफ से उतरे आउट जतिन शर्मा जो विकेट कीपर है पंजाब किंगस के वो दो रन बनाकर वही शाहरुख खान जो की उम्मीदें बहुत है लेकिन कुछ रन नहीं पा रहे वो बारह रन बनाकर आउट हुए रहा दो रन नीतिश गिल्स जो की स्मिथ की जगह खेल रहे थे, थे वो उसने बारह रन बनाया हरसदीप सिंह नौ रन और अरुण एलोन अभिषेक अरोड़ा उन्हें दो रन वही हम बात करें दिल्ली कैपिटल के, के बॉलर की तो दिल्ली कैपिटल के, के बॉलर ठाकुर ने दो ओवर में बीस रन दिए वहीं खलील अहमद ने चार में इक्कीस रन देकर दो विकेट लिए ललित यादव ने दो ओवर में रहमान जैसे खिलाड़ियों ने चार ओवर में अट्ठाईस रन देकर एक विकेट लिया अक्षर पटेल ने चार ओवर में दस रन देकर दो विकेट लिए वहीं कुलदीप यादव की बात करें तो हम चार ओवर में चौबीस रन देकर दो विकेट लिए अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के पूरी बैटिंग के कितने रन बनाए तो उन्होंने एक रन पर अपने दस विकेट वही सात चौके और के के। एक छक्को की बदलर की बातों पर साठ रन बनाए वे दस चौके और दो वे बल्लेबाजों ने पूरे दस ओवर में ही गेम का मैच बदल दिया और दस ओवर में पैतीस रन सिंह ने दो ओवर रन दिए वही राहुल चाह ने दो थ्री गेंदों में इक्कीस रन देकर एक विकेट लिया अगर हम पहले रोकदार मैच की बात करें तो कुलदीप यादव कुलदीप यादव ने दो विकेट लिए बहुत ही शानदार तरीके से और यह वीडियो अच्छे लगे लाइक करना जरूर का नाम मिलते हैं अपन और अगली मेज के साथ और अगर नई वीडियो तो के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय